आई के आने के बाद गूगल को इतना बड़ा झटका लगा है कि गूगल ने अपने एम्प्लॉय की सारी फैसिलिटीज बंद कर दी है बताएंगे आखिर ये सारा मामला क्या है तब तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए एक समय था जब गूगल के एम्प्लॉयिज को सारी फैसिलिटीज दी जाती थी जैसे फ्री मिल लॉन्ड्रीज फ्री ब्रेकफास्ट लंच डिनर और कई दूसरी फैसिलिटीज दी जाती थी लेकिन अब सारी फैसिलिटीज एम्प्लॉज के लिए बंद कर दी गयी है दरअसल बात यह है की वजह ऐसी गूगल को झटका लगा कि उसकी कॉस्ट कटिंग के लिए इम्प्लॉयज की ये सारी फैसिलिटीज बंद कर दी जस्ट बिकॉज कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं वैसे आप गूगल में जाने की सोच रहे हो